आज हम कर रहे हैं हमारा फोर डेज चैलेंज जिसमें आज का जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग गाइज आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है नंबर डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं और नंबर थ्री डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सारे एंजॉय करोगे इस सेशन को और ये सेशन बहुत जरूरी है कोई भी मिस मत करना अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं किया है तो आपको आगे के सेशन समझ नहीं आएंगे या फिर आगे के सेशन आप लोगों के लिए अनकलियर रहेंगे तो वे आइए चलिए शुरू करते हैं सेशन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग कहीं सबसे पहले मैं अगर बात करूं डिजिटल मार्केटिंग में जो अहम वर्ड है ना वो वर्ड है मार्केटिंग करना आपको मार्केटिंग ही है क्यों क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना ही है यहां पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम जो भी मार्केटिंग करते थे जिसके लिए हम टेलीकॉलिंग करते थे प्रिंट मीडिया में कोई भी प्रमोशन करना या फिर टीवी मीडिया में कोई प्रमोशन करना ये सब हम करते थे क्यों क्योंकि हमें आफ्टरऑल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना होता था कन्वर्जन सेल हो लीड हो कन्वर्जन आपका कुछ भी हो सकता है एनीथिंग विच यू वॉन्ट एज एट इज योर कन्वर्जन करते थे अपने को जो करते थे that is marketing. वो पहले ट्रेडिशनल वे में होता था लाइक न्यूज पेपर पैबलेट टेलीकॉलिंग टीवी बट अब हम करेंगे वाया इंटरनेट मीडियम जिसमें सोशल मीडिया सर्च इंजिन ईमेल एप्स मोबाइल ब्राउजर ये सारी चीजें हम यूज करके जब मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों को टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग आई होप आपका पॉइंट नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग समझ आ गया पॉइंट नंबर टू इस डिजिटल मार्केटिंग को करना कैसे है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए गई कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स है सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए लैपटॉप से कनेक्टेड इंटरनेट चाहिए बिकॉज विदाउट इंटरनेट तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे और थर्ड आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग या अपने ऑडियंस टारगेटिंग को करोगे ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। बनाना प्रैक्टिस के ऊपर क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो मेजर काम करता है वो होता है आपकी स्ट्रैटेजी की आप क्या कर रहे हो स्टेप नंबर वन कैसे आप अपनी एड्स को बना रहे हो स्टेप नंबर टू उस एड्स को किस ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचा रहे four, उस का जो सीधा फायदा है, क्या वो हो स्टेप नंबर थ्री डिजिटल रखना है कहीं सबसे पहले हमेंटिंग में है कि हम जिस प्रोडक्ट के लिए प्रोमोशन कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं गाइस उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज सबसे पहले मुझे होना चाहिए अगर उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज मुझे नहीं होगा तो गाइस सबसे पहले ही मात खा जाऊंगा मैं गाइस अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा क्यों क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट पर ज्यादा कॉन्टेंट नहीं बना पाऊंगा तो गाइज सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट हो या सर्विस नॉलेज डीप में होनी चाहिए और हर एक नॉलेज का आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी हमें अपने के बारे में जानना है जितना डिटेल हो सके उतना अच्छा है और उसी के बेस में उतना ही कॉन्टेंट बनाना है तो नंबर वन क्राइटेरिया आपको अपने प्रोडक्ट आप आप रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जीरो होगा, बट जो है, वो बहुत कम रहेगा एग्जाम्पल अगर मैं राइट right ऑडियंस को टारगेट करता हूं तो हंड्रेड लोगों में से मैं मान के चलूंगा मेरा 20 कन्वर्जन आया क्यों क्योंकि 100 टारगेट था ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस बिल्कुल टारगेट टारगेट टारगेट तो मेरा परसेंटेज परसेंटेज कितना हुआ गैस, हुआ 20 conversion. अब मैंने मैंने जनरल जनरल को को को किया किया किया जिसमें फिल्टर नहीं किया था को किया, और जनरल ऑडियंस को टारगेट करने पे क्या हुआ लोगों यहाँ पर जनरल बेनिफिट मिला लेकिन कन्वर्जन कम हुआ अब खुद सोचो थाउजेंड लोगों तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और हंड्रेड लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कम पे करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ रहा है कि आप कम लोगों तक पहुंच के ज्यादा कन्वर्जन ला रहे हो और वहां पर जनरल ऑडियंस को टारगेट करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो और कम कन्वर्जन ला रहे हो तो योर प्रोडक्ट एंड नो योर ऑडियंसेंट यू शुड की आपको ध्यान रखना है तो sure ये आप बिल्कुल करोगे मार्केटिंग की तरफ मार्केटिंग क्या होता है सबसे पहले तो आप मुझे कॉमेंट में जल्दी बताओ कि आज से पहले आप मार्केटिंग के बारे में क्या समझते थे अभी के अभी के मुझे बताओ क्योंकि मेरे लिए जरूरी है. में से बताओ कि आपको के कितनी है या फिर आप क्या समझते होता है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछे है मेरे जितने भी स्टूडेंट है कोई कहता है मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स करना कोई कहता है प्रमोशन करना एडवर्टीज करना मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को को किसी को बेचना, आंसर्स so मेरे पास आते हैं। तो मैं कस्टमर मतलब, right के लिए क्रिएट करना जिसमें वो खुद बिलीव करना शुरू कर दे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और उसे ही वो बाय करेगा उसी का डिसीजन वो लेगा बाय लेट तो तो करना अब खुद सोचो क्या, आपको कभी अमेजोन से कॉल आया कि मेरे ले लो? नहीं। फिर भी हम अमेजॉन से बाय करते हैं ना क्या हमें कभी मेक माई ट्रिप से कॉल आया कि सर हमारा एक नया पैकेज आया है आप एक बार देखो आ, अच्छा लगेगा आपको ये प्रोडक्ट आप गोवा घूमने जाओगे इस प्रोडक्ट के बाद कभी ऐसा कॉल नहीं आया बट जब भी मुझे गोवा का पैकेज या कोई भी पैकेज टूर पैकेज लेना होता है तो मैं मेक माई ट्रिप गोवाई को जरूर कंसिडर करता हूँ मतलब फील कर लिया है कि अगर कभी मैं इस को करने का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता सेल इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट मार्केटिंग इज अट टर्म जिसमें सेल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है मतलब आपने एक ऐसा एनवायरमेंट अपने ऑडियंस के आसपास क्रिएट कर दिया है through through through your promotion, through your your promotion, passive marketing, through your like you know uh, sales funnel, थ्रू योर प्रमोशन थ्रू योर पैसे आपका जो ऑडियंस है करने के लिए गई चार मेजर लेवल्स होते हैं मार्केटिंग के जो आपको ध्यान रखने guys, first level में आप अपने product के लिए awareness create करना शुरू कर देते हो example मेरा product है A, इस A product के लिए मुझे क्या करना है गाइस अब मुझे मार्केट में बताना है लोगों को बताना है कि ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है अगर मैंने नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं बाय करेगा राइट right? बिकॉज किसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है बट स तो में एक रूल होता है, है। तो के लिए आप कभी भी एक तो नॉन ऑडियंस टारगेट नहीं करोगे यहाँ पर जो कि आपके को नहीं आप आप आप बिल्कुल भी इनको टारगेट नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं करोगे करोगे और सेकंड रूल होता है है का कि आप है कि कि उससे बिजनेस बिजनेस बिजनेस एक्सपेक्ट ऐसा बोल रहे हो कि यार, हो यार इतना गया अब क्यों नहीं आ अब क्यों नहीं आ आ रहा रहा तो सेल होना चाहिए था, बिजनेस आप कब एक्सपेक्ट करोगे भी मैं आगे बताऊंगा लेकिन आप अवेयरनेस के लेवल पे आप बिल्कुल भी बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करोगे लेट्स टॉक अबाउट गाइस लेवल टू आता है जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हो लोग आपके प्रोडक्ट को जानना शुरू कर देते हैं नाउ यू नीड कि आप लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एक टेस्ट करा रहा है क्यों क्योंकि गैस, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आता है तो आप लोगों ने ये खुद भी नोटिस किया होगा बिंग कंज्यूमर और कस्टमर आप अपने हार्ड मनी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में खर्च नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट होता है क्या हमने पहले बाय किया है अगर नहीं किया तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम करेंगे और फर्स्ट टाइम करेंगे तो यह एक्सपेरिमेंट होना क्योंकि वह खराब भी हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कंज्यूमर्स लिए और कस्टमर्स के लिए तो नाव द लेवल नंबर टू इज नॉन एज कंसिडरेशन अब आप क्या करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दिया अब लोगों को उसका टेस्ट कराना है टेस्ट में क्या करोगे जैसे आप लोगों क्यों करते हैं ये इसलिए करते हैं वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है बट में ये नहीं कह रहा कि आपको फ्री दे के ही अपना प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट कराना है कि कार में करू तो क्या मैं कार फ्री में दे दूंगा इट इज नॉट पॉसिबल उस केस में कार टेस्ट कराने के लिए टेस्ट ड्राइव रखूंगा कि मैं ऑडियंस को अपने कार का टेस्ट ड्राइव दे रहा हूं कि वो गाड़ी को खरीदने से पहले एक बार चला के जरूर देख ले बिल्कुल नई गाड़ी मैं उसको चलाने के लिए दूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक टॉफी बनाता हूं तो गाइज मेरे टॉफी के सैंपल्स मैं डिफर्ण डिफर्ण स्टोर्स में रखवाऊंगा उन स्टोर्स कीपर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आपके स्टोर में कोई आए तो ये टॉफी जरूर उनको देना या तो मैं शैम्पू मैनुफैक्चर करता हूं तो गाइज मैं शैम्पू के क्या करूंगा फ्री में सैंपलिंग करूंगा ये क्यों जरूरी है क्योंकि अब जो आपका ऑडियंस है वो ऑडियंस घबरा रहा है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तो कंसिडरेशन स्टेप में मैं उनका जो वो घबराहट है जो वो उनके अंदर में डर है मेरे प्रोडक्ट को लेके, वो दूर करना है एक बार ये डर जो उनके मन से मैंने दूर कर दिया अपने प्रोडक्ट को लेके कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है हम सर्विस में बेस्ट है बाई डिफॉल्ट उसके बाद वो कभी नहीं डरेगा गाइज क्योंकि अब उसके लिए आपका प्रोडक्ट जो है कॉमन प्रोडक्ट है जो कि वो बाकी प्रोडक्ट की तरह यूज़ करता है तो अब जो थर्ड स्टेप है इज सेल सेल आपका आपका जो है है, वो होना शुरू हो हो जाएगा। रीज़न क्योंकि आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस चुकी है। आपका का टेस्ट आपके ऑडियंस ने कर लिया है थर्ड अब उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड जनरेट होने शुरू हो जाएगी क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं तो सेल में आपको क्या करना है आपने स्टॉक या सर्विसेस को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रखना है और आपके ऑडियंस तक उसे पहुंचाना है उस प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक नहीं है आपने अवेयरनेस और कंसीडरेशन तो कर दिया अब लोग तो तो उसके प्रोडक्ट तो की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए आपके ऑडियंस तक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक कंटिन्यूस बिजनेस हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है तो ने सबसे पहले बहुत ऐड करके मुझे ये बता दिया कि Amazon एक साइट e है। Second, Amazon ने मुझे एक कूपन दिया जिससे मेरा डर खत्म हो जाए कि आप 1000 की शॉपिंग जो है मेरे Amazon से फ्री में कर लो Amazon ने एक हजार भी मेरे ऊपर खर्च कर दिए। थर्ड उसके बाद मैंने उससे प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर दिया थर्ड प्रोडक्ट में जब मैंने उससे बाय किया मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि इसका प्रोडक्ट खराब निकला तो मैंने अमेजॉन को कॉल किया और बोला कि आपका प्रोडक्ट खराब निकला अगर अमेजॉन मुझे उस दिन एक अच्छा दे देगा, एक अच्छा सोल्यूशन दे देगा तो गाइज में प्रोडक्ट खराब नहीं था वो आपने कर दिया तो मैं के पास जाऊंगा नहीं अब गाइज सोचो अमेजोन का लिए कितना बड़ा नुकसान होता कि उसने अवेयरनेस में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए कंसिडरेशन स्टेप में उसने कितने लाखों लोगों को फ्री में वाउचर दिए और थर्ड सेल में जब वो सेल हो जाता है अब वो कस्टमर के साथ ऐसे गलत व्यवहार करता है या फिर कस्टमर को सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है जिस वजह से उसका कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा है तो क्या गाइस आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है से बार बार बिजनेस लेने के लिए वो प्रोसेस किया था तो इसीलिए गाइज रिटेंशन बहुत जरूरी है आज के डेट में अगर आपको लाइफ लॉन्ग अपने बिजनेस को अपने स्टार्टअप को ग्रो करवाना है हमेशा ध्यान रखना की आप अपने कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस कभी भी खराब नहीं होने दोगे आप हमेशा उसका सॉल्यूशन रेडी रखोगे क्योंकि आपका कस्टमर कब पे कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके आपके पास पास आ रहा है अगर उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मेहनत करते हैं है सारा बेकार हो जाएगा तो इसलिए आपका एक भी कस्टमर लॉस होना आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है एक पोटेंशियल लॉस है as awareness number 2 is ंसिडरेशन नंबर थ्री सेल एंड नंबर फोर रिटेंशन तो क्या ये चार चीजों का ध्यान रखना है आपको मार्केटिंग में बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज वेयर एवरीबडी इज डूइंग दैट अगर आपके कंपेयर कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना आप उनसे बहुत पीछे हो जाओगे क्योंकि कंज्यूमर को आज में कस्टमर्स को यही चाहिए होता है कि जो भी कंपनी है वो कंपनी उनको पैंपर करे वो कंपनी उनको ज्यादा वैल्यू दे जैसे कि फॉर एक्जाम्पल आज के डेट में हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारे जो कंपनी जिनको हम प्रिफर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रेप या फिर यू कैन से Amazon, they give us so much of value value हाँ, customer is is the the king and and that that actually we have addicted and that is the reason guys long run business चलाना है या फिर अपने स्टार्टअप को बहुत दूर तक ले जाना है तो गाइज ये था कि मार्केटिंग क्या होती है नॉलेज अब इस digital marketing से क्या क्या achieve कर सकते हो डिटल मार्केटिंग से नंबर वन देर आर लॉर्ड ऑफ एम्पलॉबलिटन से यू नॉट नीड टू गो फॉर एनी टेन टू सिक्स और देर शुड नॉट बी एनी बिजनेस लगता है आपको सिर्फ क्या करना है? आपको उन लोगों को ढूंढना है या फिर खुद वो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे जिनको आपके स्किल की जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गेट अ वेबसाइट फॉर माइ बिजनेस मैं जानता हूं कि आप वेबसाइट बना सकते हो I'll come to you you you you and will give you my project For example, you have a a skill that you know that know how a website can be ranked in Google। उसके लिए क्या मुझे अपनी करानी है तो मैं आपके पास आऊंगा एंड गिव यूजेट ऑन अर्टन प्राइस दट इज नॉन एज फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत अच्छी खासी भरमार है अगर आपके पास स्किल है तो प्लीज अपने आपको gear up कर लो freelancing projects के लिए थर्ड एज यू कैन गो एंड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप आज के डेट में स्टार्टअप का बहुत अच्छा खासा क्रेज चल रहा है और इंडिया इज द यंगेस्ट स्टार्टअप कंपनी इन दिस वर्ल्ड एज बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनको अच्छा खासा फंडिंग मार्केट में मिल रहा है अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइडिया है कोई भी ऐसा कुछ भी आपके मन में प्लान चल रहा है कि बड़े लेवल के लोग ही इस को कर सकते है, आपको फिर लगेगा कि जो चीज छोटे से स्टार्ट की थी वो बड़ा हो गया बस ये ध्यान रखना की जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आप प्रोमोट ज्यादा से ज्यादा करना बिकॉज जितना ज्यादा ऑडियंस आपका बनेगा उतना ज्यादा वैल्यू आपके स्टार्टअप की बढ़ती रहेगी बस आपको का ध्यान रखना है आप ब्लॉगिंग कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मुझे, मुझे कुछ नहीं करना I need to earn money online. लिए है और आर्टिकल भी लिखना कैसे है आज के डेट में तो बहुत सारे टूल अवेलेबल है बहुत सारे तरीके अवेलेबल है जिससे आप इजिली आर्टिकल लिख सकते हो उन आर्टिकल को जैसी आप वेबसाइट में पब्लिश करते हो गूगल उसको रैंक कराना शुरू कर देते है, अगर वो साइट आपकी है और को आप कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट वो बट अगेन आपके यूट्यूब चैनल में, में, अच्छा में व्यूज नहीं है तो ध्यान रखना कोई भी का नहीं होने वाला आपको क्योंकि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन तभी बेनिफिशियल होता है जब आपके यूट्यूब चैनल में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज हैं तो हमारे पास जो मॉड्यूल आने वाले टाइम में यूट्यूब के ऊपर होगा उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और उसको ऑप्टिमाइज करके अच्छे खाते सब्सक्राइबर्स ऑफ व्यूज ला सकते हो तो गाइज ये डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल स्कोप गाइज आप मुझे मेजरली बताओ कॉमेंट में अभी, के अभी एक और चीज़ की आपको करना क्या है जॉब फ्रांसिंग बिजनेस स्टार्टअप यूट्यूब ब्लॉगिंग क्या करना है ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश और मैं आपको उसी तरीके का स्टूडेंट ट्रीट करके आपको उस चीज पे फोकस करा के आपका main जो गोल है इस course को लेके मैं so लेकेटिंग में उनके लिए बहुत अच्छा ये है कि अभी के अभी के आज से ही अपना अपना का या indeed में जाके अपना कर दो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद फील करोगे कि आपको कितने जॉब ऑफर्स डेली बेसिस में आ रहे हैं अब इसका बेनिफिट क्या है जैसे ही जॉब ऑफर आपके आपके पास तो कि कि आप रीड करोगे, करोगे, करोगे, करोगे और एक टाइम आएगा जब आप डिजिटलिमेंट बन जाओगे तो आपको क्या करना है सिर्फ जाके इंटरव्यू देने हैं और जहां कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है और आपने इतने दिन से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल है, जिसके आपको ज्यादा ऑफर मिल रहे थे guys, I can bet on it कि आपको इस तरीके से है कि आपको चीजें ज्यादा इजिली क्लियर हो जाएंगी और चीजें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी आई होप यू जॉय दिसिक नेक्स्ट वीडियो आप सीक्वेंस में नेक्स्ट मॉड्यूल को कर पाओ सो so गाइज